एरिया 51 के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात होती है एक ऐसा सीक्रेट प्लेस की जो कि एलियन कॉन्स्पिरसी थ्योरी का जन्म देता है लोकलिस्ट की कहने के मुताबिक साल 1955 में Area 51 पे ऊपर पहली बार UFO को देखा गया था So late 1940s Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51 as well as the much talked about and long rumored UFO crash in Roswell There is reports on UFOs we learned a number of things that not everybody who sees a UFO is crazy that our government has lied about UFO information और उसके बाद से ही एरिया 51 वन बारीडर जैसा एक मिस्टीरियस प्लेस बन गया है लोगों के मन में एरिया 51 को एक्सप्लोर करने के लिए एक क्यूरियोसिटी जगने लगा है और लोगों ने एरिया 51 के अंदर कुछ ऐसा चीज देखा और न्यूज पर एलियन कॉन्स्पिर थियोरी को लेकर कुछ ऐसा न्यूज पब्लिश हुआ जिसके वजह से लोगो ने एरिया फिफ्टी को एक्सप्लोर करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने उस कैंपेन को रोक दिया नमस्कार दोस्तों 1955 से एरिया 51 एक बहुत ही सीक्रेट प्लेस है साल 2013 से पहले यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स और यूएस गवर्नमेंट ने ये मानने से भी इनकार करता था कि एरिया 51 लोकेशन यूनाइटेड स्टेट के अंदर कहीं भी एग्जिस्ट करता है ऐसा कि गूगल मैप पर भी एरिया 51 की लोकेशन को हाइड किया गया था और लॉस वेगस से एरिया फिफ्टी जाने का रूट मैप गूगल मैप पर आपको देखने को नहीं मिलेगा आज की इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली में एरिया 51 के अंदर क्या सच में एलियन मौजूद है क्या एरिया 51 के अंदर एलियन और अंतरिक्ष जान का रिसार्ज किया जाता है या फिर यह सिर्फ एक रूमार फैला गया था और अगर एरिया 51 के अंदर एलियन और अंतरिक्ष जान का रिसार्ज नहीं किया जाता है तो इतनी हाईली सिक्योरिटी के साथ एक्चुअली में एरिया फिफ्टी वन अंदर क्या होता है तो इस वीडियो को मैं दो फेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा पहला फेज में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एरिया फिफ्टी को लेकर एलियंस के ऊपर क्या क्या रूमर्स फैलाया गया था और दूसरा फेज में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एरिया फिफ्टी वन में एक्चुअली में इतनी हाईली सिक्योरिटी के साथ क्या होता है अमेरिका की लॉस वेगस सिटी से नॉर्थ वेस्ट में 134 किलोमीटर की दूरिया पर निभाता डेज़र्ट की वेस्ट में है एरिया फिफ्टी बंजार निभा रेगिस्तान के बीच से एक धूल भरा सड़क जाता है जो कि एरिया 51 वन की फ्रंट गेट की ओर जाते हैं एरिया 51 वन की प्रोटेक्शन के लिए एक चेन लिंक फेंस है एक बुम्बर गेट है और चारों ओर रेस्ट्रिक्शन का बोर्ड लगाया हुआ है और उस रेस्ट्रिक्शन में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्या क्या चीजें उस लोकेशन पर नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके की कैमरा के और वेपन अलाव नहीं है गेट पर चारों ओर सर्विलेंस कैमरा लगाया हुआ है और एक बॉर्डर बना हुआ है और बॉर्डर पर एन ऑफिसर गार्ड देता है बॉर्डर में सर्विलेंस कैमरा के, के साथ साथ मौसम डिटेक्टर लगाया हुआ है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर उस मौसम डिटेक्टर के पास जाता है तो उस मौसम डिटेक्टर की मदद से गार्ड के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसकी वजह से पता चलता है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन उस मौसम डिटेक्टर के आसपास पास पहुंच गया है दूर पहाड़ियों पर एक पिकअप ट्रैक लगाया हुआ है जो ट्रैक पूरी इलाके की निगरानी करते हैं और एरिया फिफ्टी के अंदर जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए एयरलाइन का इस्तेमाल किया जाता है एलियनसी थोड़ी का जन्म हुआ था जब लोगों ने देखा था बन गया इससे पहले भी एरिया 51 वन के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था नाइन फोर्टी सिक्स में नाइनटीन फोर्टी सिक्स में सोवियत यूनियन का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था एरिया 51 वन के ऊपर और न्यूज में ये सुनने को आया था की उस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था एलियन की बहसी से जो कि एलियन टेक्नोलॉजी की वजह से वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था अब 1955 में लोगों ने जब एरिया 51 के ऊपर यूपो को देखा तो 1946 के इंसिडेंट को सच मानने लगा और लोगों का दबा था कि 1946 में जो एलियन द्वारा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था उस एयरक्राफ्ट क्रैश में एलियन की अंतरिक्ष जान का कुछ टुकड़ा एरिया फिफ्टी के अंदर गिर गया था और मैं भी शायद उसके साथ एलियन भी नीचे गिर गया था और यूएस गवर्नमेंट और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स बहुत ही सीक्रेटली एलियंस और यूपो का स्टडी करता है एरिया 51 के अंदर लोगों का दबा है कि एरिया 51 के अंदर एक हाईली सिक्योरिटी के साथ अंडरग्राउंड लैब है जहाँ पर साइंटिस्ट एलियन और एलियंस की वेहकल्स का रिसर्च करते हैं एलियन सी थी को लेकर न्यूज़ और भी ज़्यादा फैल गया। जब डिपार्टमेंट में काम करता था जहाँ आरोप टेक्नोलॉजी की स्पेशलिट डेवलपमेंट किया जाता है रॉबर्ट ने क्लेम किया था की उसने एलियंस को देखा था और एलियंस के अंतरिक्ष जान को रिवर्स इंजीनियरिंग यह समझने की कोशिश कर रहा था कि में का करते हुए, अंतरिक्ष जन कैसे उड़ान भरते हैं सबूत न होने की वजह से रॉबर्ट लेजर की क्लेम को बेबुनियाद कहा गया डॉन बुरिस ने टेलीविजन पर एक इंटरव्यू दिया और डॉन बुरिस कहता था कि वो एरिया काम करता था और कंप्यूटर की कोडिंग का इस्तेमाल करके एलियर के साथ कम्युनिकेट किया था इन सब चीजों के बाद एक फिल्म रिलीज हुआ जिसका नाम था इंडिपेंडेंस डे और ये फिल्म ने एरिया फिफ्टीवे को एक ऐसे जगह दिखाया गया जहां पर एलियन मौजूद है और अक्सर एरिया जन कर आता जाता रहता है यूएस के टेलीविजन चैनल पर एलियन कॉन्स्पिर को लेकर एक शो चलता था जिस शो का नाम था द एक्सपेक्टर नाइनटीन नाइनटी सिक्स डेजर्ट की रूट थ्री का नाम बदलकर रख दिया गया एक्स्ट्राट्रियल हाईवे में एक एलियन रिसर्च सेंटर बनाया गया इस रुमास को फैलाने के लिए ताकि चेन की फेंस से घिरा एरिया 51 की का ध्यान न जाए निभा एलियन कैथ हाउस बनाया गया और एरिया फिफ्टी के ऊपर प्राइवेट प्लेन और कॉमर्शियल प्लेन का उड़ान भरना भी रेस्ट्रिक्टेड था ऐसा की सेटलाइट से एरिया फिफ्टी का फोटो खींचना भी रेस्ट्रिक्टेड था और कई कॉमर्शियल प्लेन की पायलट ने एरिया फिफ्टी के ऊपर यूएफ को देखा था नाइनटीन में जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने पहले रिविल किया था कि ये एक एलियन द्वारा किया गया एयर क्रेश है हर सुबह एरिया 51 में एक लाइट को ऊपर नीचे मूवमेंट करते हुए दिखाई देता है 16 जुलाई 2019 थाउजेंड नाइनटीन मैं ने एरिया 51 को एक्सप्लोर करने के लिए सोशल मीडिया पर एक कैंपिंग चलाया और ट्विटर पर एक ट्वीट किया की बीस जुलाई टू को एरिया फिफ्टी को एक्सप्लोर करने के लिए रवाना होगा और देखते देखते ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और 20 मिलियन लोगों ने इस कैंपिंग पर शामिल हो गया अब ये यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के लिए एक मुसीबत का कारण बन गया और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने चेतावनी दी ताकि कोई भी लोग एरिया फिफ्टी को एक्सप्लोर करने के लिए ना आए फिर भी इस न्यूज को सुनने के बाद 150 लोग एरिया फिफ्टी की चेक पोस्ट को क्रॉस करके आगे निकाल चुका था और इस मूवमेंट में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था अट्ठाईस जनवरी दो एक व्यक्ति जबरदस्ती एरिया फिफ्टी वन की चेक पोस्ट को क्रॉस करके एरिया फिफ्टी में एंटर करने की कोशिश की सिक्योरिटी ऑफिसर ने 13 किलोमीटर तक तो उसकी व्हीकल का पीछा किया और जब वो कार से उतरा तो उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया लेकिन जब उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर का बात नहीं माना तो एन एन द्वारा उन्हें गोली मार दिया गया भारत में भी एरिया फिफ्टी जैसा एक जगह है पोखरान में आज से दो दशक पहले पोखरान में न्यूक्लियर टेस्टिंग किया गया था और उसके बाद पोखरान में सिक्योरिटी को पांच गुना ज्यादा कर दिया गया है देश की बीएसएफ एस और रॉय एजेंट पोखरान एरिया की सिक्योरिटी देता है और पोखरान एरिया में एक आई और एक सी एजेंट को गिरफ्तार किया गया था अब बात करते हैं एरिया फिफ्टी की सच्चाई के बारे में एरिया फिफ्टी एक हाईली सिक्योर यूएस आर्मी बेस है दो हजार पहले यूएस एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने ये कभी रिवील ही नहीं किया था कि एरिया 51 एक्चुअली में एक्जिस्ट करता है अब टू 2005 में लोगों ने एफ ओ फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत क्लेम किया एरिया 51 को लेकर किया एरिया फिफ्टी को यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने बताया की ये एक सीक्रेट अरबी बेस है लेकिन अगर एरिया 51 में एलियंस मौजूद नहीं है तो आखिर इतने हाईली सिक्योरिटी के साथ एरिया 51 के अंदर क्या होता है तो इसकी शुरुआत होता है 1949 से, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद सोवियत नाइनटीन 1949 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है और उस टाइम सोवियत दुनिया का एकमात्र न्यूक्लियर पावर था नाइनटीन में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला कर देता है और सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है यह तो स्पष्ट हो गया था की कैमलिन करने की कोशिश कर रहा है अब का, मोनोपोली के साथ साथ लीडरशिप भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था सोवियत यूनियन ने अपना आईसीबीएम का डेवलपमिंग किया अब यूनाइटेड स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था यूनाइटेड स्टेट को यह भी नहीं पता था की सोवियत यूनियन के पास कितना सारा न्यूक्लियर हथियार है और ये जानने के लिए कोई आसान तरीका भी नहीं था अब दूसरी ओर से सोवियत यूनियन बहुत ही अग्रेसिव था कभी भी अमेरिका पर हमला कर सकता था अब यूएस के लिए सोवियत यूनियन का न्यूक्लियर प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ही जरूरी था यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने एक लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भेजा सोवियत यूनियन के हवाई अड्डे पर लेकिन सोवियत यूनियन की एयरफोर्स ने उस प्लेन को नीचे उतार दिया अब यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने एक ऐसा विमान बनाने के लिए सोचा जो की बिना कोई अवरोध के सोवियत यूनियन के हवाई अड्डा पर उड़ान भर सकता है उस टाइम यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का का मार्टिन बी 57 बनाने की काम चल रहा था जो कि टेक्टिकल बमवार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी खत्म कर दिया और 20 जुलाई 1953 में बी 57 सेवन कैनबेरा एयरक्राफ्ट अपना पहला उदान भरता है एरिया फिफ्टी की बेस ऐसी ने एक हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट को सीक्रेटली डेवलपमेंट करने के लिए अप्रूवल दे दिया आप यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स को एक ऐसा जगह की तलाश थी जहां पर हाई एयरक्राफ्ट को सीक्रेटली बनाकर टेस्टिंग किया जा सकता है तो इसके लिए नवादा डिजर्ट की एरिया 51 को छूना गया है जहाँ पर बहुत ही सीक्रेटली हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट को बनाकर टेस्टिंग किया जा सकता है अब यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स को बहुत जल्दी एक ऐसा एयरक्राफ्ट की जरूरत था जो की सत्तर फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और एक बार फ्यूल भरने के बाद 3000 माइल की यात्रा तय कर सकता है उस टाइम सोवियत यूनियन का सबसे बेहतर फाइटर प्लेन था मिंग 17, जो कि चौवन हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था अब उस टाइम ज्यादातर फीट की ऊंचाई पर टारगेट को ट्रैक नहीं कर पाता था यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने उस एयरक्राफ्ट का नाम दिया था यूट्यूब अब यू में एक कैमरे की जरूरत था जो की उतनी ऊंचाई से टू फीट रेजुलेशन का तस्वीर खींच सकता है लोकेट मार्टिन ने यू टू एयरक्राफ्ट के डिजाइन किया और एरिया फ्यूट के अंदर सीक्रेटली यू का निर्माण शुरू हो गया और 8 महीने के अंदर ही का निर्माण प्रोसेस कंप्लीट हो गया लेकिन इतने हाई अल्टीट्यूड में उड़ान भरना पायलट के लिए आसान काम नहीं था इसीलिए पायलट के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी का सूट बनाया गया ताकि उतनी हाई अल्टीट्यूड में प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है और फर्स्ट अगस्त 1955 में यू एरिया 51 से अपना पहला उड़ान भरता है और जैसे ही यू अपना पहला उड़ान भरता है उसके बाद ही लोगों ने एरिया 51 के ऊपर यूएफओ को देखा था और कमर्शियल प्राइवेट प्लेन की पायलट ने यूएफओ को देखकर रिपोर्ट दर्ज किया था क्योंकि कमर्शियल प्लेन की पायलट ने इससे पहले इतनी ऊंचाई पर कभी भी कोई प्लेन को उड़ान भरते हुए नहीं देखा था उस टाइम ज्यादातर कॉमर्शियल प्लेन दस से बीस फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता था आज के डेट में जहां पर कॉमर्शियल प्लेन 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और उस टाइम मिलिट्री एयरक्राफ्ट चालीस फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता था लेकिन यूट्यूब 60,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था अब इतना ऊंचाई पर उड़ान भरने की वजह से यूट्यूब को देखने में अंतरिक्ष जान जैसा लगने लगा था यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने इस इंसिडेंट को सीक्रेट रखने के लिए कॉमर्शियल पायलट की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और यू को यूएफ को नाम दे दिया गया था यानी कि अन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एरिया फिफ्टी में यूट्यूब को छोड़कर ए ट्वेल्व न्यू मेरा जैसा कि बार्ड ऑफ पेरी ए डबल वन और टेकिड ब्लू जैसा एयरक्रेफ्ट का डेवलपमेंट और टेस्टिंग किया जाता है 1989 में रोबार्ट लेजर ने लोकल न्यूज चैनल पर जो क्लेम किया था उसका जब जांच किया गया तो पता चला की का अंदर सुबह सेक्ट कॉम्युनिकेट एयरलाइन है जो कॉल जेनेट का इस्तेमाल करता है जेनेट यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की एयरलाइन है जो की एरिया फिफ्टी वन में काम करने वाला एम्प्लॉय को नियर बाई एयरपोर्ट ऐसी पिकअप करके एरिया फिफ्टी वन में ड्रॉप करते हैं और शाम के टाइम वापस उसी एयरपोर्ट में ड्रॉप कर देते हैं जर्नलिस्ट एरिया जेक के रिपोर्ट के हिसाब से एरिया फिफ्टीन पर एक हाईली अटल टेक्नोलॉजी एडवांस वेपन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एयरक्राफ्टी डेवलपमेंट और टेस्टिंग किया जाता है एवियशन इंटरनेशनल न्यूज की एडिटर क्रिस जिसने तीस साल तक एन पर काम किया और यूट्यूब को लेकर काफी सारे किताब लिखा उनका कहना है कि एरिया फिफ्टेल में क्लासिफाइड एयरक्राफ्ट एनर्जी वेपन और लेसार की डेवलपमेंट किया जाता है यह एमस को सीरेट रखने के लिए इतना सारा ड्रामा दिया गया और जिस ड्रामे में खुद यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स भी शामिल था उम्मीद करता हूँ एरिया फिफ्टुए की इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा थैंक यू सो मच विश यू ऑल द बेस्ट